आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है विजय आर्य के साथ मल्टी टैलेंट स्टूडियो में आज हम नए विषय के साथ चर्चा करेंगे लोगों का स्वागत कैसे करें और लोगों का चेहता बनने के क्षेत्र हर जगह अपना स्वागत कैसे करें बने रहे विजय आर्य के साथ YouTube स्टूडियो में तो हम शुरू करते हैं हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएँ लोगों का दिल कैसे जीता जाए यह सीखने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बजाय आपको दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनने की तकनीक क्यों नहीं सीख पाते वह कौन है वह आपको कल सड़क पर जाता हुआ दिख सकता है जब आप उससे दस फुट की दूरी पर होंगे तो वह अपनी पूँछ हिलाने लगेगा अगर आप रुककर कर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा और वह आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है वह आपको कोई चीज़ बेचने वाला नहीं है वह आपसे ना शादी करने वाला है उसका निःस्वार्थ प्रेम आपके प्रति बना रहेगा क्या आपने कभी यह सोचा कि कुत्ता ही एक ऐसा मात्र जानवर है जिसे ज़िंदा रखने के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुर्गी अंडे देना पड़ता है गाय को दूध देना पड़ता है चिड़िया को गहाना पड़ता है परंतु कुत्ता आपने सिर्फ़ प्रेम देता है और कुछ नहीं दे सकता मनोविज्ञानिक ने कहा दूसरों में रुचि लेकर आप दो महीनों में जितने ज़्यादा दोस्त बना सकेंगे जितने कि आप दो साल में बना पाओगे अगर आप यह चाहेंगे कि दूसरे आप में रुचि लें इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा दूसरों में रुचि लेकर आप दो महीनों में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकेंगे जितने कि आप दो साल में बना पाओगे अगर आप यह चाहेंगे कि दूसरे आप में रुचि लें परंतु हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस बात की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि ले और इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं जाहिर है उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती और वे असफल हो जाते हैं लोगों की आपस में कोई दिलचस्पी नहीं होती उनकी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी दिलचस्पी जो है खुद में है सुबह शाम चौबीसों घंटे खुद के ही बारे में सोचते रहते हैं जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसके जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयां आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इसी तरह के आदमी ही सबसे ज़्यादा एसफल देखे गए हैं मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसके जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयां आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इसी तरह के आदमी ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं हम सभी चाहेंगे हम अपनी फैक्ट्री में मजदूर हों ऑफिस में क्लर्क हो या सिंघासन पर बैठे सम्राट हो हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा ऐसा काम करना होगा जिसमें समय ऊर्जा विचार की ज़रूरत होगी अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए जब कोई आपसे फ़ोन पर बात करे तो भी आपको इसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए इस तरह हलो बोले कि सामने वाले को यह लगे कि आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं और आप खुश हैं उनसे बात करके मैंने इस आदमी से केवल एक ही मिनट मांगा था इसी शर्त पर वह मुझसे मिलने के लिए तैयार हुआ था पर जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने मुझसे एक घंटा तरतालीस मिनट बात की उसने एक और एजुकेटर को बुलाया जिसने चैन स्टोर पर एक पुस्तक लिखी थी उसने नैशनल चैन स्टोर एसोएशन को फोन करके मेरे लिए एक विषय पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मांगकर मुझे दी उसने विश्वास था कि चैन स्टोर सचमुच मानवता की सेवा कर रहा है उसने इस बात पर गर्व था कि वह समाज के बहुत बड़े हिस्से का भला कर रहा है बातें करते समय उसकी आंखों में चमक थी और मुझे यह मानना पड़ा कि उसने मेरी आँखें खोल दी मुझे ऐसी बातें पता चली जो मैं अपने सपने में भी नहीं सो सकता था उसने मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल दिया जब मैं चलने लगा तो वह मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा मुझे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ दी और इसे बाद मुझे कहा कि मैं इसके परिणाम के बारे में बताने के लिए एक बार फिर उससे मिलूँ उसने मुझे जो आखिरी शब्द कहे वे थे मैं चाहूँगा कि आप मुझसे वसंत ऋतु में फिर मिले मैं आपको ईंधन का ऑर्डर देना चाहता हूं मेरे लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था मैं सालों से ईंधन बेचने की कोशिश कर रहा था पर वह मेरी बात सुनने को पर वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था और वह जब वह मेरे बिना कहे मेरे सामने ईंधन खरीदने का प्रस्ताव रखा था मैंने उसमें और उसकी समस्याओं में दो घंटे तक जो वास्तविक रुचि ली थी उसी रुचि की वजह से यह चमत्कार हुआ था अगर मैं दस साल तक यह कोशिश करता कि वह मुझ में और मेरे सम्मान में रुचि ले तो ऐसा होना असंभव था आपने कोई नहीं बात नहीं खोजी जैसा मानवीय संबंधों के हर सिद्धांत के बारे में सचमुच रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं होना चाहिए बल्कि उस आदमी का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि भी ले रहा है वह दोनों ही पक्षों का लाभ होता है अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं अगर आप अपनी मदद करने के लिए साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को याद रखें दूसरे लोगों को सचमुच रुचि लें दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें आज का सिद्धांत है धन्यवाद आप सबका